जुमला स्ट्राइक नंबर एक 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में जुमला स्ट्राइक नंबर दो दो करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार रोजगार पे चलते हैं दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी आप कौन सी दुनिया में हैं? आप कौन सी दुनिया में है? मेरे हैं? मेरे पास यहां आंकड़े हैं हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दो करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा और सच्चाई है कि सिर्फ चार लाख युवाओं को रोजगार मिला है दूसरे तरीके से कहता हूं चाइना पचास हजार युवाओं को चौबीस घंटे में रोजगार देता है